तो और भाई लोग कैसे आप सभी लोग और भाई रैंक का तो भाई बारे में भाई पूछ मत यार नहीं मैं भाई बताने वाला हूँ भाई इतना भाई हैकर आ रहे हैं ना भाई क्राउन भाई थर्ड पहुँच चुका हूँ इसमें भाई मैं क्राउन थर्ड का मेरा गेम प्ले है और मैं भाई क्राउन टू भाई पहुँच चुका हूँ और मैं भाई क्राउंड टू का सिक्सटी हूँ आज आप भाई रात तक बाइक कैसे कैसे लगा देंगे और अपन को भाई कल भाई कौन कौन भाई मिल जाएगा आप कुछ करने वाले लेकिन भाई भाई कल रहा भाई ये कल रात का मेरा गेम प्ले है जो मैं एक्चुअली भाई खेल रहा था मैं कुछ मई हैकर मिल गया यार मैंने सोचा कि हम भाई थोड़ा भाई सेंटर पकड़ेंगे और मेरा भाई नेट ज़रा स्लो चल रहा था तो भाई अब उन सेंटर पकड़ने के लिए तब तो तक तो तो अपन भाई पी बन गया और हैकर देखो बस देखो भाई कैसे कोई मारता है पूरे पास लॉबी खाली करता है बस तो देखो बस अब भाई लोग ये हैकर का भाई कुछ भाई कर तो है सकते है नहीं और भाई सर्वाइव भी भाई करना थोड़ा भाई ज़्यादा मुश्किल हो चुका है भाई कॉम्पिटिशन भाई ज़्यादा बढ़ चुके हैं के अंदर भाई हैकर आते थे भाई सबको भाई लाइन से मार देते और भाई सरोइिंग करने के लिए थोड़ा भाई कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एक्चुअली भाई बंदे भाई लास्ट में भाई ज़्यादा बंदे बचे रहे तो भाई आप भाई रुकने में भाई बहुत दिक्कत है भाई सर्व करने के लिए भाई कहाँ रुके कहाँ न रुको भाई दिमाग काम नहीं करेगा वैसे में भाई यही हो रहा है हर जगह बंदे ही बंदे हैं तो मैं पोजीशन नहीं निकाल पा रहा हूँ तब तो भाई थोड़ा स... सोचा था कि भाई सेंटर वेंटर पकड़ेंगे थोड़ा क्योंकि तो जो नंबर में बने तो आप थोड़ा सही रहेंगे अपन कौन में ऑलरेडी लेकिन हैकर निपटा देते हैं कुछ भाई करना नहीं है तो बस भाई और भाई प्लस करना थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं अभी आप लोग भाई कौन से टार पे हो तो आप लोग कंटिन्यू रखो आपको हैकर वाई कम मिलेंगे और जैसे आप क्राउन के वाई टू थ्री फोर तक जाओगे ना क्राउन क्रॉस करते हैं ना आप देखा पे थोड़ा भाई आराम से वहाँ खेलना बाकी कुछ नहीं वाले को भाई लोग ने भाई ज़्यादा वाइस और भाई करने वाला नहीं वो नहीं मैं कोई भाई चौराण भाई रैंक वूस करना रहेगा ठीक है तो भाई बाकी को पूरा वीडियो हैकर भी था पूरा भाई दिमाग ख़राब कर रखा है गौर लोग ने तब भाई पूरा वीडियो सिंपली एंड टेस्ट देख लो क्या हुआ क्या नहीं और मैं चलता भाई वापस रैंक पुस करने के लिए